करो करो मोदी मुर्दाबाद सरकार मुर्दाबाद नीतीश कुमार मुर्दाबाद प्रशासन मुर्दाबाद नीतीश कुमार मुर्दाबाद नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद में आरआरबी दो जिसके आलोक में, में मुख्य रूप से आमनी सामने नजर आई है जिसके आलोक में छात्र विगत कई दिनों से लगातार बिहार के तमाम जिला सहित यूपी तक इस प्रदर्शन की तुल पकड़ ली है जिसके आलोक में आज राष्ट्रीय जनता दल एवं महागठबंधन समर्थित सभी दलों ने इसका पुरजोर समर्थन किया है और आज मैं में सचिव प्रधान महासचिव महानगर राजा दरभंगा दरभंगा शहर के मुख्य चौराहा जाम कर देगा का काम किया है हम लोग तकरीबन नौ साढ़े नौ बजे से यहाँ पर हैं क्योंकि जिस तरह से छात्रों को हॉस्टल में लॉज में उनके रूम पर उन्हें चिन्हित कर गोली से पीटा गया है हम उसकी कड़ी निंदा करते हैं और हम यार और भी से मांग करते हैं कि की अभिलम्ब सहित पूरे प्रदेश के सभी कोचिंग संचालकों एवं जो अज्ञात छात्रों पर ४०० से अधिक एफ आई है उसको विलम्ब वापस लेना चाहिए हम इसकी मांग करते हैं सचिन राम प्रधान महासचिव महानगर राजा दरभंगा